नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आज हम जानेंगे किसी का भी लोकेशन कैसे ट्रैक करते हैं वो भी सिर्फ मोबाइल से इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ गूगल में जा के सर्च करना है चलिए हम बताते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ से जाएंगे पहले हम गूगल में और वहाँ पे हम सर्च करेंगे मोबाइल नंबर ट्रैक लोकेशन ओके उसके बाद हमें नीचे इस्क्रॉल करना है इस्क्रॉल करते जाना है करते जाना है करते जाना है यहाँ पर आएगा क्यू रेल करके ओके तो इसको यहाँ पर यहाँ पर उसको हम सर्च किया उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी नंबर है जैसे कि मैं यहाँ अपना नंबर फिलअप कर दे रहा हूँ और देखिए कुछ ही देर में देखिए ये यह देखिए यहाँ पर आ गया सब ऑपरेटर जियो का सर्कल महाराष्ट्र टाइप प्रीपेड एनएमपी यस पी पर सब किसी का भी नंबर जान सकते हैं वो किस राज का है कौन सा सर्कल है कौन सा सिम है प्रीपेड है या पोस्टपेड है और कौन सा ऑपरेटर है जियो का है एयरटेल का है कुछ भी जैसे आप जान सकते हैं ओके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के लिए तब तक मेरे धीरे धन्यवाद अगर कोई भी गलती हमारी वीडियो हुई है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए हमारे अपनी गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ